जय हो जय हू शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सास किस तरह मेरा कर्म तू तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला भला पे मैं तो के चला आख नाम की जोत ने सारा हर सा संभ्रमण्यलिप निर्जरी विलोल वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगदग्वल्ललाट पट्ट पावकेके किशोर चंद्रशेखरे रिप्रतीक्षण मम उसकी बुझाए बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिल चले देख जरा ये विचित्र विचित्राया है वो में। वस्त्र भाग छाल है खड़ा पाऊ में प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाऊ में जटाऊ में जटाऊ में दूसरों के वास्ते तू सदेव है जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया कु